प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मूंग फसल खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया खरीदी केंद्र पर मंत्री पटेल ने किसानों से चर्चा भी की उन्होंने कहा कि मूंग खरीदी को लेकर किसानों में खुशी है और किसान भाई संतुष्ट भी हैं। और उन्होंने किसान हितेशी नीतियों के लिए आभार भी जताया हरदा के सिवनी मालवा में ग्राम हरपालपुर के वेयर हाउस खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया इस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने मूंग तुराई का भी बारीकी से अवलोकन किया किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए कृषि मंत्री को बताया कि सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। किसानों ने समर्थन मूल्य पर मूँग खरीदी के लिए कृषि मंत्री के प्रति आभार माना है और कहा कि पूर्व में ग्रीष्मकालीन मूंग मात्र 5000 से 5500 तक बिक रही थी सरकार के सात रुपए समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदने से किसानों को लाभ प्राप्त हो रहा है जिससे किसान काफी खुश है आज मैंने वेयरहाउस पर ओचक निरीक्षण किया किसानों का मूँग भी तुराई हो रही थी और मैंने तोड़ भी देखा मूँग भी देखे किसान संतुष्ट थे बहुत खुश थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को मुख्यमंत्री शिवराज जी को और सरकार को बहुत बधाई दी किसान के चेहरे खुश थे क्योंकि बाजार में पाँच था जैसे ही हमने समर्थन मूल्य खरीदने का प्यजन कराया वो छः हज़ार हुआ फिर साढ़े छः हज़ार हुआ के ऊपर लगभग आ गया है और किसानों का सात हजार दो सौ कुंटल में हम खरीद रहे हैं जिससे किसान को लगभग दो हजार रुपये कुंटल का भी लाभ हो रहा है दूसरा हम जितना जिस जिले का औसत है उतना खरीद रहे हैं और इस प्रकार किसानों को समर्थन मूल्य दिलाने में मध्य प्रदेश की सरकार है जो देश की पहली सरकार है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना संकल्प पूरा कर रही है किसान की आय दोगुना करने में